आया सुन या, या, या, या दिख दिल पे रखा मैंने भी यहाँ तो कोई नहीं है मेरे साथ है एक बार रहने दे अपना वक्त अभी तो वक्त की बात है जा वक्त के साथ बनना वक्त देगा सुधार तुझे जितना भी वक्त के साथ हंस उतना रुला देगा ये समय समय की बात है बिखर जाते जो इनके साथ है फिर भी अकेले करके मचाएंगे यही अपनी औकात है खुद के दम पे खड़ा हूँ नहीं ये लक्का नहीं कोई हम खुद की मेहनत का स्टंपू स्टंप पेपर पे नहीं करूंगा ये मेहनत की बोल रही मेरे हाई बीट पे नाई नचा, नचा देखा भाई देखा ऐसे बनने वालों में बेबकूस तू मुझे बनाएगा क्या कूफ कूफ कूफ बेवकूफ तू नचाएगा किसको बनाएगा किसको बेबकूफ बे छमिया तुझको बनाएगा रे घुघरू पे लाएगा तू ही निकाय हमारा जब तो चलाएगा रेलो नहीं करवाने की आई मेरी बावजूद क्यों भिड़ने लगा मुझसे भाई अगर कर दिया तो तो मेरा मेरा मेरा नहीं मेरा भी अभी कुछ नहीं हुआ तो खरीदूंगा तू रेत की तरह बिखर जाएगा बन नहीं पाएगा रे सना लाला रेत बिखर जाएगा सीमेंट मिलने का तू घर बनाएगा यार इसको भगा रहे इधर से किससे मिल रहा है ये? मार दूंगा इसकी बात जा रहा है